दोस्तों धर्मेंद्र मुजिदा आपका स्वागत करता है गुजराती चेस जोन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी कैरोकान डिफेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं मेरे लास्ट वीडियो में कैरोकान डिफेंस के बारे में मैंने आपको लमसम कुछ मूव्स बताए थे स्टार्टिंग में आज हम डिटेल में देखेंगे हर एक वेरिएशन को तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लैक की मेन मूव नाइट से सिक्स कैरोन डिफेंस के सामने आप पैनोव अटैक करके खेलेंगे तो बहुत ही खेलने में मज़ा आएगा तो क्या होता है पैनोव अटैक जिससे कैरोन प्लेयर को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने देते हम जैसे कि ई फोर सी सिक्स डी फोर डी फाइव डी फाइव सी डी फाइव देन सी फोर इतने मूव कॉमन है दोस्तों इसके अगेंस्ट ब्लैक क्या क्या मूव करता है उसके ऊपर आपकी गेम आगे डिपेंड है तो c4 के बाद मोस्टली ब्लैक नाइट f6 किया है वर्ल्ड में आप डेटाबेस में देखोगे तो इतने मूव के बाद ज़्यादातर ब्लैक ने नाइट f6 खेला है नाइट सी सिक्स भी खेल सकते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे नाइट एफ के सामने आपको रिप्लाई देना है नाइट सी अब फिफ्थ चॉइस ब्लैक के लिए नाइट सी हो सकती है या फिर सिक्स भी हो सकती है यहां पर पहले हम देखेंगे नाइट सी uh, look at this fifth move। knight सी सिक्स के बाद तुरंत आपको बिशअ जी फाइव करना है में, एक ब्लेंडर मूव ब्लैक की ओर से मैं बताता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है black अगर इतने मूव के बाद bishop एफ फाइव करता है तो यहां होगा डबल क्वेश्चन मार्क मतलब ब्लेंडर मूव यहाँ पे आपको बिशप टैक्स एफ सिक्स कैप्चर करना है जी टैक्स एफ उसके बाद सी टैक्स डी फाइव नाइट बी और क्वीन ए फोर और यहाँ पे आपको सिम्पल ब्लैक का नाइट मिल जाएगा चैक के बदले डबल अटैक के साथ में तो क्या सीखा इस पोजिशन में आपको ये खास ध्यान रखना है इन दिस वेरिएशन इफ वाइट ब्लैक मूव्स फिफ्थ और नाइट से सिक्स जब नाइट से सिक्स फिफ्थ मूव में आता है और उसके साथ में ब्लैक विशअप एफ फाइव भी खेलता है तो ये एक ट्रैप है तो ये ट्रैप भी आपको ध्यान में रखनी है खास चलिए दोस्तों दूसरी पोजिशन देखते हैं अब हर एक ओपनिंग में हम डिटेल में हर एक मूव के मूव बाय मूव डिस्कस करने वाले हैं तो हर एक मूव बाय मूव वेरिएशन सीखने के लिए मेरी चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकोन दबा के रखिए क्योंकि तो दो हर दो दिन में मेरा एक वीडियो अपलोड होता है तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें ई फोर सी सिक्स डी फोर डी फाइव सी डी फाइव ई डी फाइव डेन सी फोर नाइट एफ यही मेन मूव पे डिस्कस करते हैं नाइट से थ्री नाइट से सिक्स विशअप जी फाइव ये हमारे तो पैटर्न मूव है E6, यहाँ पे एक कई लोग बिशअप खेलते हैं ये थोड़ी अच्छी भी मूव है एक्सप्लामेशन मार्क भी है और क्वेश्चन भी है मतलब क्लियर नहीं है यहाँ पे यहाँ आपको खेलना है नाइट एफ थ्री डी को सपोर्ट की जरूरत है डी टे फिर से क्वेश्चन यहाँ सिंपल पिशअ टैक्स एफ और ई e टैक्स एफ या फिर जी टैक्स एफ दोनों में डी और विनिंग द पीस बहुत ही शॉर्ट ट्रैप है बहुत ही शॉर्ट ट्रैप सिर्फ आठवों में सामने वाला ट्रैप में फंस सकता है अगर ब्लैक शुरुआत में ओपनिंग मिस्टेक करता है और कई लोगों से ओपनिंग मिस्टेक होती है जबकि पैनो अटैक के सामने ब्लैक को अगर प्रिपरेशन नहीं है खेलने का तो ऐसे मिस्टेक का फायदा आपको जल्द ही मिलेगा तो चलिए देखते थर्ड गेम ई फोर सी सिक्स डी फोर डी फाइव ई डी फाइव सी डी फाइव देन सी फोर नाइट एफ सिक्स नाइट नाइट से सिक्स बी सब जी फाइव क्यू बी सिक्स एक नई मूव आई यहाँ पे ब्लैक की सिक्स्थ मूव हमने चेंज कर दी तो क्यू बी सिक्स में क्या होगा क्यू बी सिक्स आपका बी टू पॉन जो हैंगिंग है उसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सी टू डी मार दीजिए आफ्टर क्विंटिक्स बी टू ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है सिंपल रूप सी वन नाइट को सपोर्ट की थी आफ्टर नाइट बीफोर ब्लैक अटैक करना चाहता है अर्ली अटैक और आपके सेंटर पॉन पे भी ब्लैक का अटैक रहता है नाइट बीफोर के सामने आपको खेलना है नाइट ए फोर आफ्टर क्वीन टेक्स ए टू बिशअप सी फोर अब यहां पे आपको ब्लैक की क्वीन ट्रैप करने का देखेगा तो बिशअप सी के बाद बिशअ जी फोर काउंटर अटैक करना पड़ेगा ब्लैक को यहाँ क्योंकि नेक्स्ट मूव में अगर क्वीन ए थ्री ऑनली मूव है और आफ्टर रुक सी थ्री सिंपल व्हाइट विन द क्वीन तो यहाँ पे एक मूव का डिस्टेंस है क्वीन ट्रैप होने में इसलिए ब्लैक को यहाँ खेलना पड़ेगा बिशअप जी फाइव के सामने आपको खेलना है नाइट एफ अब यहाँ अगर पिशप टेक्स एफ करता है तो आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है क्विंट एक्स एफ नहीं करना है क्योंकि क्वींट एक्स ए होगा आप पिश डाउन हो जाएंगे सिंपल जी टैक्स एफ और विन द क्वीन तो ये शुरुआत की तीन ट्रैप्स आपको दिखाई है एक और ट्रैप्स देखते हैं आलेखाइंस गैम्बेट में ओपनिंग यही है लेकिन इसमें एक वेरिएशन है जिसमें आलेखाइन गैम्बिच कहा जाता है e4, c6, d4, d5, e5, फोर डी फाइव ई डी फाइव सी डी फाइव सी फोर नाइट एफ सिक्स जी फाइव डी इंटू इसे कहते हैं आलेखाइन गैम्बिच सिक्स मूव में क्वीन b6 नहीं उसके बजाय ब्लैक ने पॉन्ट एक्सपॉन्न कर दिया यहाँ आपको सिंपल डी फाइव और सेंटर नाइट पे प्रेशर करना है नाइट ई फाइव एक ही बेसमु दिखती है नाइट ई फाइव लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है यहाँ पो नाइट एफ थ्री एक्सचेंज योर नाइट आफ्टर नाइटी थ्री चेक बिशअप टेक्स डी थ्री सी टेक्स डी थ्री क्विंटैक्स डी ब्लैक खेलेगा ए सिक्स ए सिक्स का रीजन है दोस्तों नाइट बी फोर और क्वीन भी फोर नाइट बी फाइव क्वीन भी फाइव ब्लैक अलाउ नहीं करना चाहता है तो ए सिक्स जरूर है ए सिक्स के बाद सिंपल कैसल ई सिक्स आर ए डी वन प्रेशर ऑन क्वीन ई इंटू डी फाइव डी एट नाइट सेक्रीफाइस बहुत ही ब्रिलियंट मू यहाँ पे नाइट एफ सिक्स के बाद वन जीरो मतलब ब्लैक रिजाइन क्वीन इंटू एफ सिक्स में क्या होता है क्वीन इंटू एफ सिक्स रुक एप ई वन चेक चैक सॉरी जहाँ पे कुछ मूव मिस्टेक हो गई है फिर से देख लेते हैं आर ए डी वन सॉरी आर ए डी वन हाँ आर ए डी वन करना है गलती से बाई मिस्टेक रुक एफ डी कर दिया मैंने नो no प्रॉब्लम तो रुक ए डी वन के बाद रुक ए डी के बाद ई टेक्स डी फाइव बिशप टेक्स एफ सिक्स क्वीन टेक्स एफ सिक्स नाइट टिक्स क्वीन डी एट और फिर नाइट एफ सिक्स ये सेक्रीफाइस यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो कि चेक है और अगर क्वीन टेक्स नाइट पॉन्टेक्स सॉरी पॉन्टेक्स नाइट नॉट पॉसिबल क्वीन डीए चेकमेट है तो क्वीन टेक्स नाइट में भी रुक इवन चेक बिश ई और क्वीन डी चेकमेट तो ये थी आलेखाइन में ट्रैप जो कैरोकान में पैनोबोटोनिक एटेक का एक वेरिएशन है उसका ओपनिंग का नाम तो कैरोकान ही है तो दोस्तों कैरोकान के सामने बहुत सारे प्लेयर को ब्लैक व्हाइट से खेलने में बहुत प्रॉब्लम होता है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कैरोकान को कैसे डिफेंस कर सके आपको कैसे डिफीट कर सके उसके सामने अग्रेसिव कैसे मेरी खेली हुई वो गेम भी देख लेती थी गेम ऑफ द डे वाइट खेल रहा है ई और मैं रेगुलरली डी खेलता हूँ तो स्कैंडियन डिफेंस की ज़्यादातर आपको गेम देखने को मिलेगी e d फाइव knight f सिक्स मेरे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे स्कैंड के वेरिएशन मैंने आपको बताए हैं वहां जाके आप ये वेरिएशन देख सकते हैं आफ्टर नाइट f सिक्स c फोर दोस्तों आपको याद है ये वेरिएशन का नाम है आइस लैंडिक गैम्बिट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं c फोर के सामने e सिक्स उसके बाद d6 ई e6 बिशअ d4 d4 वाला वेरिएशन भी हमने बनाया है d, check, Bwritten, d2, और d डी बी बी फोर चैक बिशप डी टू और बिशअ क्वीन टेक्स d2 फोर्स फोर है और क्वीन e7 सेवन डिसकवर की थ्रेड है यहाँ पे व्हाइट ने मिस्टेक की है बिशअ d3 खेल के तो बिशअ टेक्स c4 आफ्टर नाइट ई और बिशअप टेक्स d3 क्वीन टेक्स डी नाइट से सिक्स और शॉर्ट कैसल लॉन्ग कैसल अब आप ये पोजीशन देख सकते हैं काफ़ी खेलने लायक काफ़ी ब्लैक की ओर से बहुत ही मजा आएगा खेलने में अब लॉन्ग कैसल के बाद मैं तो कॉन्फिडेंस हूँ इस गेम में रुक डी वन और मुझे यहाँ पे डी फोर जो हैंगिंग पोन है सेंटर पोन है उसके आसानी से उस पोन को मैं लॉन्ग टाइम के बाद मार सकूँगा रुक एच ई डबलिंग किया है आफ्टर नाइट बी सी सपोर्ट किया है नाइट ई फोर अब यहाँ पे सेंटर हम लेना चाहेंगे तो नाइट टैक्सी फोर क्वीन टैक्स फोर सारे पिशेज एक्सचेंज होने के बाद डी फोर पॉन को कौन बचाएगा आप देख सकते कोई सपोर्ट नहीं आएगा डी फाइव के बाद सिंपल रुक टेक्स ई टू सिंपल है एक्सचेंज आफ्टर डी टेक्सिक्स रुक टेक्स डी चेक रुक इंटू d1 वन रुक b2 बी टू और सिंपल विनिंग द पॉन आफ्टर सी इंटू बी सेवन किंग इंटू बी सेवन अब सिंपल आप देख सकते हो कि ब्लैक एक पॉन डाउन था उसके बदले ब्लैक अब पॉन अप हो चुका है जी थ्री रुक टेक्स ए टू इसमें एंड गेम बहुत ही देखने लायक हो कि रुक डी सेवन मैंने सेवनथ रैंक के सारे पॉन सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि मैं अर्ली क्वीन बनाने में मानता हूं तो यहां पे ए फाइव रुक एफ सेवन ए फोर रुक टेक्स डी सेवन ए थ्री अब सिर्फ दो मुंह की दूरी पर क्वीन बनेगी रुक डी सेवन आफ्टर रुक बी रुक डी वन रुक ए और रुक बी वन रुक टैक्स बी एन टू बी वन क्वीन और वाइट रिजाइन सिंपल विनिंग गेम तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे गेम बहुत गेम भी आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो से चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है कोई चेंज करना चाहते हैं मेरे मूव्स में तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए थैंक यू जय हिंद